नमस्कार दर्शकों 27 जनवरी सोमवार का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ नया सवेरा लेकर के आया है इस विषय पर आज हम प्रकाश डालेंगे साथ ही साथ आज का पंचांग क्या कहता है इस पर भी आइए एक दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर शख्स उन्नीस जनवरी दिन सोमवार रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच पर दर्शको आज जो तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि रहेगी ब्रह्मा व्यवर्ष पुराण का रेफरेंस लेते हैं कि तृतीय तिथि के दिन परवर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यदि आप परवर का सेवन करते हैं तो यकीन मानिए कि शत्रुओं की वृद्धि आपके होगी ही होगी इसको कोई रोक नहीं सकता है नक्षत्र रहेगा शत्रभिषा बेसिकली राहु का नक्षत्र है करड़ रहेगा तैतिल और गर और योग रहेगा वरियान योग रहेगा दर्शकों आज चंद्रदेव कुंभ राशि में चलायमान रहेंगे शुभ समय पर आ जाते हैं अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11 बजकर सत्तावन मिनट से 12 बजकर 40 मिनट तक की वहीं राहु काल सुबह 8 बजकर 18 मिनट से 9 बजकर 38 मिनट तक का रहेगा राहु काल में शुभ कार्यों को मत करिएगा और अभिजीत मुहूर्त में शुभ कार्यों को करिएगा सूर्य देव मकर राशि में चलायमान है दिशा सूल पर आ जाते हैं तो आज का दिन सोमवार का दिन पूर्व दिशा की ओर दिशा सूल होता है यदि आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो दर्पण देख करके पहले पश्चिम की ओर चार पग यात्रा करिएगा तद उपरांत आप फिर जो है पूरब की ओर जाइएगा आप चीनी का मिश्री का सेवन कर सकते हैं सफेद चंदन का तिलक लगा भी यात्रा कर सकते हैं दर्शकों मे से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में क्या कुछ नवीन सवेरा लेकर के आया है सत्ताईस जनवरी का राशिफल इस पर हम प्रकाश डालते हैं लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहते हैं फरवरी माह का संपूर्ण राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है साथ ही साथ होली से संबंधित वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ रहा है आप सभी प्रिय श्रोतागढ़ों के लिए कैरियर राशिफल प्रेम राशिफल और जो है वार्षिक राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जाकर के देख सकते हैं तो मेष राशि वालों देखिए आज का दिन कर सकते हैं वही यदि आप गोल्ड से रिलेटेड सिल्वर से रिलेटेड व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आर्थिक लाभ आज, आज आपको बना रहेगा आज कोई मित्र आपके लक्ष्य प्राप्ति करने में बहुत ही सरलता और बहुत ही सुगमता का जो है साथ देगा मतलब मित्र की मदद से आज आप आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ आज जीवन साथी के साथ आपके संबंध बेहतर रहेंगे पहले से चले आ रहे हैं जो बात विवाद है ये खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करिएगा भगवान शिव जी पर आज आप बिल्ब पत्र रख करके गंगा से अभिषेक कराइएगा आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक अगली राशि जो आती है आपके अनुकूल या आज आप किसी से उधारी लेते हैं तो उस मामले में आपके साथ भविष्य में बड़ी दिक्कत आ सकती है आज आपको कोई प्रमोशन या सम्मान मिल सकता है इसके काफी हद तक के आप बहुत नजदीक हैं आपको आपकी मेहनत का फल थोड़ा सा इंतजार करने के बाद मिलेगा कारोबार में एवरेज ही सफलता रहेगी बहुत बड़ी सफलता आज आपको प्राप्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही है कार्य में जो है कार्य क्षेत्र में वैचारिक मतभेद आपको जो है आपके सहकर्मियों के साथ उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ आज उच्च अधिकारियों के साथ भी किसी बात को लेकर के तूतू तूमय में हो सकता है आज अपने मन को एकाग्रचित व शांत रख करके यदि आप कोई काम करते हैं तो निश्चित ही आज, आज आपको उसमें सफलता मिलेगी जो लोग सेल्स से जुड़े हुए काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है तो उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज रुद्राष्टक का पाठ करिए तथा ओम हिरिंग नमः शिवाय मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करिए निश्चित ही आज, आज आप सफलता पाएंगे शुभ कलर भी आपके लिए रहेगा व्हाइट लेकिन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो अगली जो राशि आती है बहुत ही कमाल की राशि है और हमारी मिथुन अर्थात जैमिनी राशि है तो डेली हॉरोस्कोप इन हिंदी मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या कहता है तो मिथुन राशि वालों आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है प्रभावशाली रहने वाला है प्रभावशाली व्यक्तित्व से भी आज आपको जो है आपका संपर्क होगा आपका रेफरेंस बढ़ेगा और आज आपके कार्यों में अनुकूलता आएगी आज कार्यक्रम में या किसी से मिलने आपको जाना पड़ सकता है धार्मिक जो है मतलब क्रियाकलापों में भी आज आपकी संलिप्तता रहेगी घर परिवार में किसी जो है धार्मिक उत्सव का या कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है जो लोग Uh, वकील हैं जो लोग जज हैं और जो लोग राय देते हैं मतलब काउंसलर हैं इनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा बेहतर इनको क्लाइंट मिलेंगे किसी केस में सफलता मिल सकती है किसी बड़े केस में आज ये अपना डिसीजन दे सकते हैं वाणी में आज आपको सौम्यता रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं आज का दिन आपको प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा ग्यारह ग्यारह बेलपत्र लीजिएगा और भगवान भोलेनाथ पर ओम नम शिवाय मंत्र से अर्पित करिए साथ ही साथ आज दूध का या चीनी का दान किसी महिला को करें तो बेटर रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा लाइट ग्रीन शुभ अंक रहेगा आपके लिए ये रहेगा साथ कैंसर कर्क राशि के जातकों कर्क राशि वालों आज का दिन देखिए आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो लोग कंप्यूटर क्षेत्र से टेक्निकल क्षेत्र से संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आज उन्हें कार्य क्षेत्र में को बढ़ाने में जो है जो रुकावट आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है कोई नई नौकरी कोई नए रोजगार और कोई नए व्यवसाय का आज आप लोग प्रारंभ कर सकते हैं साथ ही साथ आज कई नए दोस्त आपके बनेंगे आज आपके जीवन में किसी नए प्रेम का आगमन हो सकता है कर्क राशि के जात आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की सितारे सलाह दे रहे हैं वाहन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आपको जाप करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और तो शुभ अंक रहेगा चार हमारी जो अगली राशि आती, आती है आती सिंह राशि सिंह राशि के जात आज पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती है जिसकी वजह से आज आपको मानसिक असंतोष आपके मन में बढ़ेगा इसके अलावा आज किसी मित्र की सहायता से संपत्ति में आप लोग निवेश कर सकते हैं आज के दिन जो है आपको जो है कहीं धार्मिक दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती है साथ ही साथ दिन आज का मिला जुला रहने वाला है आज आपको मिलने वाले ज़्यादातर समाचार जो रहेंगे ये इसमें आपको कुछ निराशा मिल सकती है ऑफिस में आज सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर के बहस की स्थिति छिड़ सकती है फिजूल की बातों से मन परेशान होगा और फालतू के खर्चे आज, आज आपको उठाने पड़ेंगे आवश्यकता होने पर ही आज आप बोलें तो ठीक रहेगा आज आप किसी बात को लेकर के काफ़ी परेशान हो सकते हैं संपत्ति से आय के साधन विकसित हो सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो किसी अनाथालय में आज आप लोग जो है छोटे बच्चों को आ, कुछ फलों का आपको दान आप लोग कर सकते हैं साथ ही साथ आज भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा ये रहेगा एक कन्या राशि तो कन्या राशि वालों आज आपकी किस्मत मेहरबान रहेगी आपके साथ रहेगी कार्य क्षेत्र में रुका हुआ काम आज पूरा होगा आज यात्राओं के योग बन रहे हैं आज आपके द्वारा किए गए कार्य आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लोग कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं जो लोग इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसको उनको आज उनके सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा आज घर परिवार में यदि कोई परेशानी चली आ रही है तो ये दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है देखिए विरोधी पक्ष आज आप के ऊपर जो है थोड़े से हावी रह सकते हैं उपाय के तौर पर आपको करना क्या रहेगा तो हनुमान अष्टक का आज आप लोग तीन बार करिए साथ ही साथ आज गाय को मीठा चावल आपको खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा आठ तुला राशि के जातकों आज माता पिता का सानिध्य गुरुओं का सानिध्य आपको मिलेगा पारिवारिक मुद्दों पर फैसले लेने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा घर में सभी तरीके के तालमेल अच्छे बने रहेंगे आज कुछ मानसिक तनाव जो चला आ रहा था ये दूर होता हुआ दिखाई रहने वाला है आज यात्राओं में कुछ आपको असुविधा हो सकती है आपके सामान इत्यादि भी खोने का भय दिखाई पड़ रहा है साथ ही साथ आज फिजूल की बातों में आपका दिन निकलेगा और अगर आज आप अपनी राज की बात किसी से, से शेयर कर रहे हैं तो भविष्य में ले करके आपको काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी दिक्कत आने वाली है आज कुछ आपका मानसिक तनाव पड़ सकता है मेहनत से सकारात्मक परिणाम आज, आज आपको मिलेंगे बिजनेस अच्छा चलेगा आज होने वाली आमदनी में से कुछ पैसा आज कोशिश कीजिएगा भविष्य के लिए बचा लीजिएगा तो बेटर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज भगवान भोलेनाथ पर जल में शहद मिला करके और ओम जूम साह मंत्र से इससे आप लोग अभिषेक करिए चावल का दान धर्म स्थान पर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा सात स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि वालों आज दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी जीवन साथी से कुछ गुड न्यूज अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है घर में खुशी का माहौल रहेगा साथ ही साथ किसी का भी आज लोग बना सकते हैं दोस्तों के साथ प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जो लोग आज काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला जमीन से काफी आज आपको धन लाभ मिलने का योग बन रहा है आज जो भी छात्र इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें निश्चित ही आप लोग सफल होंगे हनुमान जी को एक मीठा पान चढ़ाइए तथा आज शिवा मंदिर का 108 सौ आठ बार जाप करिए शुभ कलर रहेगा ऑरेंज शुभ अंक रहेगा दो धनु राशि वालों आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है आज आप लोग कोई ऐसी योजना बनाएंगे और उसको आज लागू करने के मूड में रहेंगे जो भविष्य में आपको लाभ दे आज आप नौकरी से जुड़े किसी काम में कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं साथ ही साथ समय चूंकि आपके लिए अनुकूल है तो कन्फ्यूजन की स्थिति को आज आप लोग खत्म करते बेटर रहेगा देखिए शनि का परिवर्तन हो चुका राशि परिवर्तन हो चुका है मकर राशि में शनिदेव अपनी पहुँच चुके हैं तो कोशिश कीजिए अब आप लोग बोल्ड डिसीजन लीजिए कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि भी आज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें साथ ही साथ आज भगवान भोलेनाथ पर आज आप लोगों को जो है धतूरा ज़रूर चढ़ाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात कैप्टिकॉन मकर राशि तो मकर राशि के जातकों आज आपके लिए दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपको जिस अवसर की पिछले कई वर्षों से पिछले कई दिनों से तलाश थी वो अवसर आ आया है आज किसी करीबी की मदद से आपको को कोई नौकरी कोई जॉब या कोई प्रमोशन इत्यादि मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है बिजनेस से संबंधित किसी बहुत बड़ी मीटिंग में आज आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें शामिल हो सकते हैं साथ ही साथ आज जो लोग संचार से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंजीनियरिंग सेक्टर से रिलेटेड आईटी फील्ड से रिलेटेड है उनको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी आज किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती अविवाहितों के लिए आज का दिन बेटर रहने वाला है आज किसी विवाह के बंधन में भी बन सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग प्रयास ये करिएगा कि धर्म स्थान पर आपको चावल का दूध का या चीनी का दान देना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ मकर राशि के बाद जो हमारी अगली राशि आती है ये आती है कुंभ राशि कुंभ राशि के जात को दाम्पत्य जीवन में थोड़ी नोकझोंक आज बनी रह सकती है आज आप लोगों को कोशिश करना है कि अपने जीवनसाथी के साथ कम बोलें या नपे तुले शब्दों तो का प्रयोग करें तभी ठीक रहेगा आज का दिन यात्राओं भरा रहने वाला थकान भरा रहने वाला है बिजनेस के लिहाज से आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा आज के दिन आप लोग कुछ खास कर सकते हैं साथ ही साथ आज यदि कोई कॉस्मेटिक चीज़ों से जुड़ा हुआ है या कोई जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहा है या जेमस्टोन वगैरह से जुड़ा हुआ व्यापार कर रहा है उसके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा फिटनेस के मामलों में आज आपको सितारे सलाह दे रहे हैं कि अपने फिटनेस से किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं करिएगा आज कार्यक्षेत्र में भी आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी इत्यादि मिल सकती है जिसे आप लोग बखूबी निभा सकते हैं खास करके जो कुंभ राशि के जातक हैं आज का दिन विशेष रूप से जो है यात्राओं के लिए समर्पित रहेगा लंबी दूरी की आज आप लोग यात्राएँ करेंगे और इन यात्राओं में आज आपको सफलता प्राप्त होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज ओम जूम जो मंत्र का 108 बार जाप करिए साथ साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर आज शमी पत्र गंगा जल से अभिषेक करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक चार चलते हैं अंतिम राशि पर लेकिन फटाफट दर्शकों इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही साथ दर्शकों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए तो मीन राशि के जातकों आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है आज आपको कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है कि कोई नई नौकरी में आज, आज आप जा सकते हैं कोई नए रोजगार का आपको सृजन हो सकता है आज आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन बेटर रहेगा आज आप लोगों की यात्राएं देखिए होंगी घर परिवार में जो भी खुशियां चली आ रही जो भी मांगलिक कार्य चले आ रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ करके आज आप लोग प्रतिभाग रहेंगे पुराने रिश्तेदारों से मिल करके मन आज आपका बड़ा प्रफुल्लित व आनंदित रहेगा आज का दिन निवेश के लिहाज से अच्छा रहने वाला है कहीं पर आप निवेश कर सकते हैं बेरोजगारों को कोई नया रोजगार का भी आज हो सकता है लेकिन धन खर्च आज ज्यादा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज रुद्राष्टक का पाठ करिए साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर बिल्व पत्र रख के दूध से अभिषेक करिए निश्चित ही आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करेंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक रहेगा एक तो दर्शकों ये तो था हमारा मे से लेकर के मीन राशि का राशिफल सोमवार का कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए पुनः नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार